गुरुदेव की जगतम्बि की जहो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की बोली मुनि जी महाराज बोले संजनगुरी महाराज की बोले शिवगुरी जी महाराज की ये हो। जी सबसे पहले किणने समरिए राली माता पिता गुरु देव अलग के भैया तो जी दू दड़ो दुख भंगण और सदा निष सारों पहला साहब किणने समरिए भैया गुणे तोजी गोरी थोरा पूरे मथुरा समरे मोर दिवसे समरे ब्राह्मण बोणियाारे भैया तो जी लागी लागी सद कहे रे, लागी नहीं लगा लागी चल चरे भैया ने चलिया ओ ते आसन हरिया हरिया देवत्व खोज गुण भक्त मोल भई हरिया देवत्व खोज गुण भक्त मोडा